तुम्हें रे खोला जय हरी तुम्हें रेखो ला जय हरी तुमे जानते हो सभी अंतर जाने तुम जानत हो सभी अंतर जाने करनी कुछ ना करी करनी कुछ ना करी तुम्हें र को लाज हरी तुम्हें रा खोला जदि से बिसरत नहीं पल्छन घड़ी घड़ी अवगुण से बिसरत नहीं पलखन घड़ी घड़ी सब पर पंचकी टोटली बांध करे सब पर पंचकी होटली बांध करी अपने शी से तुम रा खोला हरी तुम्हें को लाद हरी तारा सुते धन मोहलियो है सुदे बुध विसरी तारा सुते धन मोहलियो है सुधब बुध सब विसरी सूर्य पति तक बेगी उबारो सूर पतित को बेगी उभारो अब मरिना अब भरी तुम्हें रा खोलाग अरे तुम्हें रा खोला सभी अंतर जामी करनी कुछ ना करी करनी कुछ ना करी तुम्हें राखो लाज हरी तुम्हें राखो लाज हरी तुम्हें राखो लाज